लाइफ स्किल जीवन कौशल में आप सबका स्वागत है आज हम बात करेंगे गोल्ड सोना की सोना हमारे भारत में संस्कृति के रूप में बना रहा है विभिन्न अवसरों पर सोना खरीदना अच्छा तृतीया हो चाहे वो शादी ब्याह हो उसमें सोना को का क्रय करके देने लेने की प्रक्रिया चलती रहती है सोना दो प्रकार का होता है एक डिजिटल होता है एक होता है फिजिकल जो फिजिकल है वो लेने देने में काम आता है जो डिजिटल है वो निवेश के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं निवेश के रूप में दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं चाहे वो डिजिटल हो चाहे फिजिकल हो लेकिन डिजिटल के ज्यादा फायदे हैं। डिजिटल फॉर्म में जो हम सोना निवेश करते हैं वो उसको सुरक्षा करने में कोई समस्या नहीं है आपने कागज एक ले लिया बाड ले लिया घर में रखा है सुरक्षित है कोई दिक्कत नहीं है जब आप उसको बेचने जाएंगे तो कोई उसमें चार्ज नहीं देने हैं एक्स्ट्रा कटौती नहीं होनी है जबकि वही आप जब फिजिकल लेके जाते हैं बेचने के लिए तो 20 परसेंट कटौती हो जाती है इसलिए सोना में निवेश यदि बात की जाए तो निवेश बेहतर निवेश माना जाता है यदि हम इस सोने की हिस्ट्री देखें पिछले गत वर्षो की तो आप पाएंगे लगभग बीस ब्याज इसमें है मिला है वृद्धि हुई तो आप देखेंगे है। इसमें क्या क्या फायदे हैं, कैसे लेना है और कहां से लेना तो मेच्योरिटी इसकी आठ वर्ष की है लाकिंग पांच वर्ष है पांच वर्ष के बाद आप निकाल सकते हैं लेकिन आपको गेन का कुछ टैक्स पड़ेगा लेकिन आठ वर्ष के बाद में कोई टैक्स नहीं पड़ेगा आप उसको जो है पैसे पे कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं पड़ेगा 2015 से दो हजार पंद्रह ऐसी सौर गोल्ड बाता सुरक्षा 24 कैरेट का आपने खरीद लिया 24 कैरेट का आपको एक बांध मिल गया कागज के रूप में पत्र के रूप में, में सुरक्षित रखा हुआ है सुरक्षा की समस्या नहीं कोई है घर में वैसे फिजिकल जब आप लेंगे सोना तो उसमें जो है कहीं चोरी होने की समस्या या लाकर में रखे उसका अलग ऐसी पैसा दीजिए आप आठ वर्ष में लगभग जो है बीस का ब्याज मिल जाता है इसपे जो वृद्धि होती है लाभ मिल जाता है ऑनलाइन करते हैं यदि आपको तो पचास रूपए प्रति ग्राम पर आपको छूट मिलती है वो देती है छमाही मतलब छह महीने में जितना बनेगा पैसा उसका फिर आपको छह महीने तक देगी फिर छह महीने में जो बना उस पर फिर छह महीने पर देगी सरकार आपको अतिरिक्त जो इसका फायदा है इसमें दूसरी बात कहा खरीदे आप तो खरीदने के लिए पोस्ट ऑफिस है बैंक है और ऑनलाइन खरीद सकते हैं डिमेट अकाउंट यदि आप रखते हैं तो शेयर बाजार वाला जो भी है उसमें आप यदि खरीदते हैं तो खरीद सकते हैं गोल्ड रेट यदि देखें जाए प्रति दस ग्राम की बात करें तो 1970 में एक रुपए का ये जो है गोल्ड था उन्नीस में तेरह रुपए में ये सोना हो गया ये देख रहे हैं आप दस, दस वर्ष में कितना अंतर इसमें आ रहा है उन्नीस में बत्तीस का था दो में चौवालीस में था 2010 में 18,500 में था और वही 10 साल के बाद में 2020 में अड़तालीस हजार क्या उनका हो गया इस समय इसके रेट कुछ डाउन हो करके सरकार ने जो रेट डाउन किए हैं वो हजार है, समथिंग में दे रही है तो उसको जब आप लेने जाएंगे तो उसको यदि आप ऑनलाइन लेते हैं तो उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं चाहे आप बैंक में जाके ले सकते हैं इसके साथ ही साथ आप यह भी जान लीजिए कि मैं यह कदापि नहीं कहूंगा कि आप हंड्रेड परसेंट सोना में निवेश करें इस समय रेट डाउन भी हैं अभी दो तीन चार महीना पहले आ, पचास हजार से ऊपर था इसका रेट आप, आप देख लेंगे गूगल पे जाकर के जो मैंने अभी सारणी दिखाई है इसको भी आप टैली कर लीजिएगा निवेश करने से पहले और यदि आप देखें कि इस हिस्ट्री के अनुसार तो काफी इसमें लाभ मिलता है लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि आप जो है इसको यदि ग्रह करें तो बांड लें आप तो ये जो है 100% जो निवेश करते हैं वो ना करिए वो आप जैसे मान लीजिए आप जो निवेश करते हैं जितने प्रतिशत जितना करते हैं आप उसमें 30-25 से 30% तीस परसेंट सोलन गोल्ड बांड पे आप निवेश कर सकते हैं मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें पसंद आया हो तो डिसलाइक करें और वे आइकन जरूर हिट कर दें ताकि मैं मोटिवेट होता रहूंगा और इसी तरह के मैं वीडियो बनाता रहूंगा आने वाले समय में मैं अपने हम लोग अपने पूरे निवेश को कैसे हम मैनेज करें प्रबंधित करें ताकि हमारा हमारा पैसा बचे और जो हमारे गोल है उनको समय रहते हासिल कर सके इसी के साथ मैं यह अवश्य आग्रह करूंगा कि जब भी आप बाहर निकले तो मास्क का प्रयोग जरूर करें धन्यवाद